कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज हम द्वितीय पाठ स्वर्ण काका के अंतिम पहरे को पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है इस तस्मिन नेव ग्राम में एकहा अपरा लुभा दीघा नया उस ही गांव में एक दूसरी अपराहा दूसरी लुभा लोभी बुढ़िया रहती थी श्या अपनी एक पुत्री आसित उसकी भी एक पुत्री थी ईर्षया साथ तस्वर्ण काफ्य रहस्यम ही ज्ञातवती ईर्षा के कारण उसने भी उस सुनहरे काव्य के रहस्य को जान लिया था सूर्या कपे तंडुलान्षिप्यवतः रक्षार्थम नियुक्त सूर्य की रूप में चावलों की को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया तथे विधि संधि है वर्ण पक्षा काफा तंडुलान भक्त उसी प्रकार नहरे पंखों वाले कावे ने चावलों को खाते हुए भी उस, उसको कार्यतः वह, वही, वही बुलाया वहाँ ही बुलाया काका तत् गाक निरती प्रातः का प्रातःकाल वहाँ जाकर उस उस लड़की ने काव्य की निंदा करती हुई बोली वो नीत अरे कह अरेट कव्य मागका मैं आ गई मयम कंडोलम मूल्यम पर मुझे मेरे कागरों का मुझे अवे ने कहा हेम तवत तोपान सोफान उपकारयामी अवे ने कहा मैं तुम्हारे लिए तो तो बताओ स्वर्णमय सोने से युक्त रजतमयम चांदी से, से युक्त ताम्बरमयम व अथवा से तांबे से युक्त गर्वितया बालिकया परोक्तम गमंडी बालिका के द्वारा कहा गया स्वर्णमयन सोपानेन तो सोपाने तो नाह मागछामी सोने से युक्त सीढ़ी के द्वारा ही मैं आती हूँ सोने से युक्त सीढ़ी के द्वारा ही मैं आती हूँ परम परंतु स्वर्ण का कहा सोने के काव्य में उसके लिए ताम्बरमय तांबे से युक्त सोपान सोपान तांबे से युक्त सीढ़ी ही प्राजस्त दी प्राजत दी स्वर्ण का कहा सुनहरे काम उसको भोजन मपी भोजन भी तांबरभाजने के बस में ही में ही अकार्यत कार्यत करवाया पति निवृत्त काले निवृत्त काले वर्ण स्वर्ण काल कक्षा दियंत्र, यंत्रात्सरो मंजूषा तत्पुरा समूह शिका घर वापिस लौटते समय सुनहरे काव्य के द्वारा कमरे के भीतर से अभ्यंत्र भीतर से तीन मंजूशाम पेटी को पेटी तत्पुरा उसके सामने स्मुत शिक्षा रखी लोभा कहा लोभ से युक्त लड़की ने तमाम तमाम मात मंजूषा गृह सबसे बड़ी ही सा यावत् काम व्यक्ति गृहमागत सांजूषा मंजूषा का उदाटयर्पो विलोकता घर आकर करके उसने उत्सुकता वंश घर आकर के उसने उत्सुकता वंश जब व्यक्ति को खोजती है तो तभी उसमें से दस यति पेष्ण जमकर कृष्णो सर्प है काला सांप देखती है दुबदया बालिकाया दुब फलम प्राप्तम बालिका के द्वारा लोट का फल मिल गया तदनंतरम तदन तारोह पर्यजत इसके बाद उस बालिका ने लोभ को छोड़ दिया उसके बाद उस बालिका ने लोभ को छोड़ दिया धन्यवाद समाप्त